आदर्श वॉलीबॉल क्लब के तत्वाधान में एमपी पी बिरला अखिल भारतीय महिलाओं एवं पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला खेला गया यह फाइनल मुकाबला महिला वर्ग में महिला टीम करनाल और पुणे की टीम के बीच खेला गया जिसमें करनाल टीम की जीत हुई वहीं पुरुष वर्ग में रेड आर्मी हैदराबाद और ग्रीन आर्मी सिकंदराबाद के बीच में खेला गया जिसमे रेड आर्मी हैदराबाद ने अपनी जीत दर्ज कराई मेहर के आदर्श वॉलीबॉल क्लब के तत्वाधान में एम बिरला अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया इसमें महिला टीम का मैच करनाल और पुणे की टीम के बीच खेला गया जिसमें करनाल ने तीन शून्य से जीत दर्ज कराते हुए ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया वहीं पुरुष वर्ग का मैच रेड आर्मी हैदराबाद और ग्रीन आर्मी सिकंदराबाद के बीच में खेला गया जिसमें रेड आर्मी हैदराबाद ने जीत हासिल की महिला वर्ग में विजेता टीम को इक्कीस एवं उप टीम को पंद्रह की सम्मान राशि दी गई वहीं पुरुष वर्ग में विजेता टीम को इकतीस हजार और उप विजेता टीम को इक्कीस हजार रुपये की सम्मान राशि मिली इस जीत पर महिला विजेता टीम ने कहा कि हम कई जगह मैच खेले हैं लेकिन यहाँ जैसी व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिली वहीं पुरुष वर्ग की टीम ने कहा कि ये ऑल ओवर में सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा ये जो प्रोग्राम था ये हम बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते हैं लेकिन जो यहाँ का तो प्रोग्राम मतलब कि रहने का और खाने का सब कुछ मतलब ग्राउंड वगैरह सब अच्छे मतलब अच्छा था यहाँ का हम जहाँ भी जाते हैं वैसे तो हमारी फर्स्ट प्लेस ही रहती है और हम बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट भी खेलते हैं और नेशनल वगैरह में भी जाते हैं बहुत खेली हुई हम एक ही ग्राउंड के है सभी तो हमारा कॉम्बिनेशन दो मतलब हो गई मतलब सारे प्लेयर एक साथ ही रहते हैं तो हम मतलब पूरा एकजुट होकर ही खेलते हैं जो भी हमारी पोजन आती है पर सारे हमारे जो जूनियर हैं वो भी अच्छे ही हैं। है टूर्नामेंट है बहुत अच्छी टूर्नामेंट होती, होती है एमपी में। टूर्नामेंट इंडिया में सबसे ज्यादा केरला और एमपी में होती हैं। तो हमें इधर आके बहुत अच्छा लगा और हमारी दोनों ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी सिकंदराबाद में प्रैक्टिस करती है वॉलीबॉल एक टीम गेम है टीम गेम में कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है पर हमारी टीम में हम लोगों ने काफी अलग अलग जगह ऐसी प्लेयर लिए थे तो हम कम कॉम्बिनेशन बना नहीं पाए थोड़ा सा पर सामने वाली टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा था इसलिए वो हमसे एक नंबर ऊपर थी हम ऑल ओवर इंडिया ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेलते हैं फिर चाहे वो कर्नाटक हो केरल हो मतलब ऑल तो तो इस फाइनल मैच के आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सतना सांसद गणेश सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा की खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रशंसा जरूरी है क्योंकि पता नहीं कल इन्हीं खिलाड़ियों के बीच में से कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाए उनके उत्साह वर्धन के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन होना ही चाहिए आदर्श वॉलीबॉल क्लब के सचिव अरुण मिश्रा ने समापन कार्यक्रम में सभी का आभार व्यक्त किया इस आयोजन पर नगर के वरिष्ठ एवं गणमान्य व्यक्ति एवं जनता मौजूद रही सांसद ट्रॉफी हो रही विधायक ट्रॉफी हो रही उसका के ही कि भी है देने का खेलने की देश में रही। इस पूरे आयोजन में मैहर के हर प्रबुद्ध वर्ग हर खेल प्रेमी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिए और आज जिस ढंग से ये टूर्नामेंट सम्पन्न हुआ उसके आप सब साक्षी है एम पी बिड़ला जिन पे स्पॉन्सरशिप रिस्क, में हो रहा था उनके माध्यम से हमको बराबर सहयोग मिला पूरे पत्रकार साथी सभी का भरपूर सहयोग मिला पुरुषों की आठ टीम आई थी और महिलाओं की चार टीम जिसमे अभी पुरुषों के समापन ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी के बीच खेला गया जिसमे रेड आर्मी विजयी रही वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं